हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ तो ये एक ला का एक फ़ोन है हमारे पास आई टेल एल सिक्स ज़ीरो ज़ीरो सिक्स और ये आ, आई टेल ए फोर्टी एट है तो ये इसमें एफ है तो मैं फटाफट आपको देर ना करते हुए पहले मैं एफ दिखा दूँ फ्रेंड्स कि इसमें एफ है कि नहीं है

तो इसमें फारपी लगी हुई फ्रेंड तो हम इसको बाईपास करने वाले हैं आपने यहाँ पे देखा होगा कि कई सारे मतलब इसमें दिखाया जाता है कि आप उसके मतलब मैं बताने वाला हूँ वीडियो में तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ फ़ाइनली कि इसमें फारपी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई फ्रेंड तो इसका मैं बिना किसी पी कोई भी पी यूज़ नहीं करूँगा और इसकी फारपी बाईपास करके मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर और जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा ये लावा का ए मॉडल है जैसा कि मैं दिखा दूँ आई

ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं

तो हम इसको बाईपास करेंगे और आपको मैं एक चीज़ छोटा सा हाईलाइट बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप इसको टैप करिए यहाँ पे आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है पर यहाँ पर कोई भी सेटिंग और कोई भी आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है और आप बाईपास की वीडियो बहुत सारे देखते हैं और आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो आप बाईपास नहीं कर पाते हैं फ्रेंड तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जेनवन बनाता हूँ आज मैं

कुछ मतलब जो करूंगा आपके सामने जो भी हाइड ऑप्शन होते हैं उनको मैं अनहाइड करूंगा और सारी चीजें मैं आपके सामने यहां पे प्रैक्टिकल देने वाला हूं तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं

तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर आप बाईपास करने जाते हैं तो यहाँ पे ये नहीं होता दो मेथड होता है या तो आप कीबोर्ड मेथड यूज़ करते हैं या तो फ्रेंड्स आप जाते हैं यहाँ पे कॉल मेथड आपको इमरजेंसी में दिखाया हुआ है तो दोनों ही आपका फैल होने वाला है यहाँ पे दोनों ही काम नहीं करेगा तो चलिए मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे एक्चुअल तरीके से बाईपास इजिली तरीके से आप कर सकते हो तो चलिए यहाँ पर हमें वाईफाई कनेक्ट कर लेना है या फिर आपका सिम दे दो या फिर वाईफाई कोई भी आप कनेक्ट कर लो यहाँ पर फ्रेंड्स तो मैं भी यहाँ पर वाईफाई मैंने यहाँ पर सिम का नेटवर्क ही कनेक्ट है

अब उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा जो अभी आपका है एमरजेंसी कॉल में आप जब जाते हैं तो ये आपका काम नहीं करता है पर ये मैं यहीं से करके आपको दिखाऊंगा यहाँ से मैं ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करने वाला हूँ जैसे आप एड नेटवर्क में जाते हैं एड नेटवर्क को आप करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसमें आपका सेटिंग या कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मिले तो चलिए फटाफट देर न करते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं हमें जाना है एमरजेंसी में जाना है एमरजेंसी में जाने के बाद उसको डबल टैप को क्लिक कर लेना है मैं यहाँ पर फ़ोन को रख देता हूँ एक्चुअल में

आराम से अब उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे एड कॉन्टेक्ट में जाना है एडिट में उसके बाद हमें देखिए हमारे पास एक कॉन्टेक्ट है हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको सीम यहाँ पे लगा लेना है तभी जाके आपको होगा ये हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है यहाँ पे आपको जाने के बाद फिर आपको करना है सेयर इसलिए मैं वॉइस के साथ बना रहा हूँ फ्रेंड अब यहाँ पर आप कर देंगे कंटिन्यू

तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मैसेंजर को सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे मैं बता दूं कोई भी यहाँ पे टैब यूज़ नहीं करना है आपको मैं इसीलिए क्लियर वाइज कर रहा हूँ मैसेंजर को आपको क्लिक करना है तो और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा अब आपको करना है एडवांस एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमिस

तो गाइस आपको यहाँ पे जाना है सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये देख सकेंगे यहाँ पे एस एम ऐप करके लिखा हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एस एम ऐप करके लिखा हुआ है तो आपको एस एम एस ऐप पर टिक करना है तो जैसे आप यहाँ तक आते हैं यहाँ तक तो आप देख लेते हैं फ्रेंड्स पर जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ भी यूट्यूब दिखता ही नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे आपको लाना है यहाँ पे आप सर्च का एक आइटन दिख रहे होंगे आप इस सर्च के आइटन में आपको लिखना है यूट्यूब तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई ओ यू यूट्यूब आपको लिख देना है तो मैं पूरा टाइप कर देता हूँ वाई ओ यू

टी U ये देखिए YouTube आ गया तो ये आपको YouTube के यहाँ पे चले जाना है फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे YouTube पे चला गया है अब यहाँ पे आपको जाना है क्योंकि YouTube ही नहीं दिखता है तो आप वहाँ से बैक हो जाते हैं बोलते हैं अरे यहाँ तो YouTube है ही नहीं बट ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सर्च आइकन में जा करके यूट्यूब आपको चला जाना है फिर आपको जाना है एडवांस और यहाँ पे एडवांस में एडिशनल सेटिंग इन द ऐप यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा

तो आपको यहाँ पर अब आउट पर जाना है अब में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको YouTube टर्म एंड कंडीशन ये है आपका मतलब Google तक पहुँचने का एक सोर्स जो कि आप यहीं तक नहीं पहुँच पाते हैं फ्रेंड्स और आपका काम नहीं होता है पर मैं कोई भी जेनुन कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे जो भी है आपके सामने फेक वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट अब बहुत इजी तरीके से हमारा ये फार बाईपास हो जाएगा यहाँ पर तो ये देखिए खुल चुका है अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे एफ ये जो ट्रिक है आप इसको यूज़ करिए जितने फ़ोनों में हो सकता है एफ

F I L E बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है एफ़ आर पी फाइल लिखना है आपको बिना किसी स्पेस के लिखना है फ्रेंड्स एफ आर पी फाइल और कर देना है आपको नेक्स्ट तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे ये देखिए पहले ही साइड में जाना है आपको बाईपास गूगल अकाउंट एफ आर पी पे आपको जाना है यहाँ पे पहले ही आपको अकाउंट इसमें जाना है तो इसमें जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा है यहाँ यहाँ पर तो पहला वाला जो आपको डाउनलोड करना है ये बाईपास एफ आर आपको ये पहला एक डाउनलोड कर लेना है

तो मैं एक डाउनलोड कर ले रहा हूं यहां पे प्रोमिस कर का एक ऑप्शन आता है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा ये कर देंगे ओके अब इसको दूसरा जो आपको डाउनलोड करना है यहां पे ये सैमसंग गूगल अकाउंट मैनेजमेंट एट पॉइंट ये आपको डाउनलोड कर लेना है ये आपको एट पॉइंट ये आपको डाउनलोड कर लेना है तो इसको कर देता हूँ मैं ओके यहाँ पर कोई भी की ट्रेस हो रही है ठीक है

तो उसके बाद हमें ये देखिए डाउनलोड हमारा ये दोनों हो चुका है हमें केवल ये सिक्स तो फ्रेंड्स फिर आपको थ्री डॉट में जाके डाउनलोड्स पे जाना है डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं तीन एक में से टच हो गई थी पर फिर ये आपको एक नहीं चाहिए आपको सिक्स वाला नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ आपको ये दो ए, ए, ए, ए, ए चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे पहले चला देता हूँ पहले मैं एंड्रॉइड एट ये ए चला देता हूँ तो सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद अलाउ कर देंगे अलाउ करने के बाद थोड़ा सा बैक आएँगे आप

उसके बाद हमें इंस्टॉल कर देना है तो ये देख सकते हैं गूगल मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा देखिए डन हो चुका है अब डन करने के बाद हमें फिर एफ आर पी बाईपास पीके को करना है इंस्टॉल तो इसे हम भी कर देते हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं काफ़ी टाइम में समझाने के साथ मैं वॉइस के साथ ही वीडियो डाल रहा हूँ आपको सामने तो यहाँ पर फिर कर लेना है ओपन तो जैसे ओपन आपने कर लिया देखिए इंटरफेस आ गया यहाँ पर आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन आ रहा होगा थ्री डॉट में आपको जाने के बाद ब्राउज सॉन्ग इन पर आपको यहाँ पे सिंग इन कर लेना है

ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ आईडी डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं ये देखिए हमारा इंटरफेस यहाँ पे खुल गया यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल देंगे कोई सा भी जीमेल डाल देंगे ऐसा जरूरी नहीं को भी आई चाहिए यहाँ पे एक आपको जी डाल देना है तो मैं यहाँ पे एक जी डाल देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जी डाल दिया है वो स्क्रीन वापस से हो गया है अब हमें सिंपल से इसे कर देना है रिबूट अब हमें इसको कर देना है रिबूट रिस्टार्ट कर देना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको रिस्टार्ट फ्रेंड्स

क्योंकि यहाँ पे जो भी है आईडी डालने के बाद ये सिंपल्स आपको कर देना है रिबूट मैंने एक जी मेल आई डी डाल दिया मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड मैं जो भी है, एक जेनवन वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वॉइस के साथ जिसमें आपको प्रॉपर्ली तरीके से पता चले कि आप जैसे यूट्यूब तक ही नहीं पहुँच पाते क्योंकि मैंने भी देखा है थोड़ा सा कि आपको बताया जाता है कि आप की के माध्यम से आप टैप करिए आपका ऑप्शन खुल जाएगा वहीं तक आप नहीं पहुँच पाते फ्रेंड

बट आपने यहाँ पे देखा मैंने बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर बाईपास यहाँ पे आई को हम कर रहे हैं हम टूल से भी कर सकते थे पर सबके पास टूल प्रोवाइड नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे बाईपास आपके सामने लेकर के आए हुए हैं तो ये फाइनली uh, ये भी हो जाएगा हमारा बहुत ही तरीके से और uh, आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ बट अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे फ्रेंड्स तो बस जस्ट सेकेंड आई टेल हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा

और जैसे ही ओपन हो जाता है तो मैं आपको फाइनली पूरा प्रोसेस ही करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स कोई भी वीडियो मैं स्किप नहीं करता हूं वॉइस के साथ है आपको कहीं पर भी, भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमारी वीडियो को और भी हमारी कई सारे वीडियो हैं बाईपास के सैमसंग के कई सारे ऐसे वीडियो हैं टूल से भी हैं तो आप जा करके अनलॉकिंग के हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो हैं आप जा उसे वॉच कर सकते हैं तो थोड़ी देर में ये चालू हो ही जाएगा जैसा कि आपने देखा था रिबोट मैंने फिर से वापस से इसको रिबोट किया था

तो फ्रेंड ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा या जो भी है क्योंकि ये इसमें अकाउंट रिमूव हो चुका है ये आई लिखा और उसको जैसे हमने अकाउंट दिया था केवल हमने सिंपल इसको रिबूट किया था और रिबूट करने के बाद आप इसको देखेंगे फाइनली हमारा ये जॉब डन हो चुका है तो फाइनली अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो भी मैथड था हमने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था यहाँ पर जो भी है जेनवइन वीडियो है आप इजली तरीके से इसे अनलॉक कर सकते हैं तो देखिए ये हमारा वही फ़ोन है आईटेल का

ए अड़तालीस जैसा कि मैं आपको दिखा दूंगा ये और बहुत इजीली तरीके से हमारा ये अनलॉक हो चुका है तो आई होप वी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में